हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पर डे तीन से ट्वेंटी डॉलर किसी कर सकते हो सबसे पहले आपको अपने गूगल पे जाना होगा और सर्च करना होगा पेटफ़ोर आर्टिकल डॉट कॉम यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है इसे ओपन कर लेना है यहाँ पे ऊपर आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है आपको यहाँ पर आपका यूजर नेम यूज़र नेम ईमेल एड्रेस पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड ये आपको यहाँ पे डालना होगा रजिस्टर करने के बाद आपको मैं यहाँ पे पेमेंट प्रूफ बताता हूँ इस सब पेमेंट प्रूफ है फिफ्टीन जैन का हम देख सकते हैं इस सब पेमेंट इन्होंने अपने आर्टिकल से ही लिया हुआ है जो थाउजेंड हिट्स के बाद तो आपको पेड पर आर्टिकल फाइव डॉलर्स देता है अब मैं आपको बताता हूं कि आप आर्टिकल कैसे ऐड कर सकते हैं तो आपको ऊपर मेंबर डैशबोर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ पर जाना है और एड आर्टिकल का ऑप्शन दिया हुआ इसे क्लिक करना है अब आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर टाइटल दिया हुआ है तो आपके आर्टिकल का आपको यहाँ पर टाइटल डालना है और कैटेगरी चूज़ करनी होगी जिस बारे में भी आपका आर्टिकल होगा और यहाँ पे आपको सम्र लिखनी है अपनी यहाँ पे कंटेंट दिया गया है जो आपका आर्टिकल होगा वो 500 वर्ड्स से ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आपको आर्टिकल से रिलेटेड जो भी है आपके आर्टिकल से रिलेटेड जो इमेजेस होंगे वो आपको यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पर आपके रिव्यूअर के लिए मैसेज ऐड करना है मैसेज छोड़ना होगा यहाँ पे आप अपना आर्टिकल कॉपी पेस्ट करके कहीं से कॉपी पेस्ट करके उसे एडिट करके भी डाल सकते हैं आ, अभी मैं आपको फॉलो ऑन अर्न का ऑप्शन बताता हूँ यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके फेसबुक पे लाइक करके यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके इनका चैनल 50 सेंट्स कमा सकते हैं अभी आप पे पे यहाँ पे मैं आपको विद्रो के ऑप्शन पर ले जाता हूँ यहाँ पर मुझे भी फिफ्टी सेंट्स मिले थे मैंने उनका फ़ेसबुक चैनल लाइक किया था यहाँ पे आपके आर्टिकल पर थाउजेंड नीट्स मिलने के बाद आपको फाइव डॉलर मिलते हैं जो आप अपने पे से भी विद्रॉ कर सकते हैं पेट फॉर आर्टिकल से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो गया तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक लिंक दिया हुआ है आप तो वहाँ भी मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं गाइज़ हमारा वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें